मेरा मेरा मखना चुरावो शाम पाइ परो मेरा मखना चुरावो साम पाइया भेड़ो पाइया परो शाम पाइया पेड़ों पाइ परो शाम पाइया पर मेरा मखना चुरावो शाम पाइया परो माखन कैया करू हैं माखन जो चुराया माखन जो चुराया तो चलो कोई बात नहीं माखन जो चुराया तो चलो कोई बात नहीं मेरा झुम मेरा झुमटना मुठावो काम पैया पढ़ू मेरा घुम टना मुठाव मेरा माखना जुड़ाव घुमटा जो मुठाया चलो कोई बात नहीं उठाया तो चलो कोई बात नहीं चलो कोई बात नहीं चलो कोई बात, बात नहीं चलो कोई तो तो जो उठाया तो चलो कोई बात नहीं जो उठाया तो चलो कोई बात नहीं से नैनना लड़ाब साम क्या करू मुत नैनना बिहार तम कैया पढ़ू कैया पढ़ू साम पर रमा खा सुना नैना जो मिलायो नैना नैना नैना नैना नैना जो मिला नहीं ने ने जो मिलाओ तो चलो कोई बात नहीं चलो कोई बात नहीं चलो कोई बात नहीं मेरे दिल में मेरे दिल में नया वो शाम पिया कर मेरा मातमा किया आए तो चलो कोई बात नहीं दिल में दो आए आए चार दिल में दो आए तो चलो कोई बात नहीं जो आए तो चलो कोई बात नहीं तो चलो कोई बात नहीं आते तो वापस न जा चुरा शाम कैया करू मेरा मा खा चुरावो खान कैया पढ़ू कैया चरू शाम पैया करू कड़ू शाम पैया पैर मेरा मा खा चुराओं कैया कैया पड़ो करूँ कैया पढ़ू कैया पढ़ू मरा